हेलो माय चैनल वीडियो को लाइक like कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैसे सब्सक्राइब करोगे पास में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल पर सेट कर देना है गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए वीडियो को लाइक like कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या बताने वाला हूँ की वीडियो को बंदा फिर बताता इसको खत्म करते फिर बताते बॉडी शॉट पड़ा ये गया। गया। ये गया गया डाउन हो पूरा खत्म कर दिया इसको तो अब मैं मैं मैं बताऊंगा कि क्या वाला हर वीडियो में दो रिडीम करने वाला मतलब कि रिडीम कोड देता हूँ हर वीडियो में दो रिडीम कोड ये गया हर वीडियो में मैं दो रिडीम कोड देता हूँ इसलिए आप जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो आपको पहले बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दोगे तो आपके पास वीडियो पहले आएगा तो आप सबसे पहले रिडीम कर सकते हो शुरू के दो बंदे रिडीम कर पाएंगे गैज इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो गैज मैं बता देता तो हूँ आप रिडीम कहाँ कर पाओगे प्ले स्टोर पर रिडीम कर पाओगे प्ले स्टोर में जाना है फिर वहां करने पैसे चुकाने में करने का आता है कर सकते ये ये हो हो और बंदा खत्म खत्म पूरा गया देखते हैं आगे मिलता है बंदा अबे यार डैमेज पड़ा कहा है बंदा वी एस एस तक उस बंदे के पास लगता है ऐसा ही है उसके सामने वाले बंदे के पास वी है ये ये डाउन हो गया डाउन हो गया ये गया